मूमन हम लोग किसी न किसी वाहन की सवारी करते ही चाहे मोटरसाइकिल हो कार हो या बस हो लेकिन कभी आपने गौर किया है कि सभी वाहनों के टायर काले क्यों होते हैं आखिर क्यों टायर रंग बिरंगे क्यों नहीं होते हैं टायर का इतिहास काफी पुराना है रबर का टायर का आविष्कार 1895 में हुआ था तब वह सफेद रंग का हुआ करता था वास्तव में रबर का प्राकृतिक रंग दूधिया सफेद होता है लेकिन रबर से बना सफेद टायर जल्दी घिस जाया करता था इसलिए उसमें काला कार्बन मिलाया जाने लगा आज जो हम काला टायर वाहनों में देखते हैं उसके पीछे का कारण काला कार्बन है